हेलो गाइस तो वेलकम बैक टू ऐसे सर्चिंग तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू इंक्रीज इंस्टाग्राम फॉलोअर्स तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना वरना आप समझ नहीं पाओगे और हमारे ऐसे सर्चिंग चैनल पर 41 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं तो थैंक यू गाई सपोर्ट करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो मैं बताने जा रहा हूँ कि हम इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना आप पूरी वीडियो समझ नहीं पाओगे और लास्ट तक वीडियो जरूर देखना ताकि आप इस वीडियो को समझ के हर दिन सौ से ज़्यादा फॉलोअर्स गेन कर सकते हो तो वी सौ टू हंड्रेड जितनी आपकी मर्जी हो आप उन्ने फॉलोअर्स गेन कर सकते हो तो अभी मैंने फाइव फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फॉलोवर्स है देखिएगा मैंने ये फॉलोअर्स गेन करें तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो आपको गूगल पे टाइप करना है तो सिंपली जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो आपको गूगल पे टाइप करके सर्च पर क्लिक कर देना है मैंने टाइप कर लिया तो देख लीजिए अब स्क्रॉल करना है और यहां पर लिखा रहेगा माई टूल्स टाउन इसके अंदर आप फ्री यूट्यूब सब्सक्राइबर भी गेन इंक्रीज कर सकते हो इंस्टाग्राम भी और टिकटॉक फॉलोअर्स लाइक्स एक्सेट्रा और यहां पर बहुत सारे फंक्शन देखिए इंस्टाग्राम लाइक्स फॉलोअर्स यूट्यूब लाइक सब्सक्राइब एंड लाइक्स टिकटॉक फैंस एंड ला, व्यूज लाइक्स तो यहाँ पर आप गेन कर सकते हो तो अब मैं, मैं अभी सिंपली इंस्टाग्राम फॉलोवर्स चाहिए तो मैं ओपन टूल पर क्लिक कर दूंगा ओपन टूल पर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपका यूज़र नेम पूछा जाएगा यहाँ पर आपको जो इंस्टाग्राम में आपका यूज़र नेम है वो ही टाइप करना है तो मेरा एस है तो मैंने एस टाइप कर लिया है नेटवर्क बहुत स्लो रहा है यहाँ पर तो थोड़ी देखिए मैंने ऐसे स्किन टाइप कर लिया है सर्च अकाउंट तो यहाँ पर मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है इसमें कोई लॉगिन इंस्टाग्राम पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा सिर्फ आपको यूज़र नेम ही डालना है यूज़र नेम डालने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आप चाहे तो Uh, 25 एक्शन मतलब अगर आप 25 एक्शन पूरे कर लेते हो तो आपको पचास रुपये का बोनस मिलेगा मतलब अगर आप लाइक्स बढ़ाना चाहते हो तो 25 बोनस का एक रुपये पर लाइक मतलब 50 क्रेडिट्स का आपको 50 लाइक इंक्रीज होंगे और यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि आप अर्न क्रेडिट्स कैसे कर सकते हो तो यहाँ पर फोलो पर क्लिक करने के बाद टेप हीयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यूज़र को फॉलो करना है और वापस से माय टूल वेबसाइट पर जाना है और बैक का बटन क्लिक करना है बैक पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना यहाँ पर आपके क्रेडिट सेव हो जाएंगे तो मेरे फोर क्रेडिट हैं तो अब मैं बूस्ट प्रोफाइल पे जाके अपनी प्रोफाइल बूस्ट करूँगा जैसे मैं लाइक्स बढ़ाना चाहता हूँ व्यूज़ आई जी टी पर ऑप्शन दे रखा है तो मैंने सिंपली अभी यूज़र नेम Uh, मतलब मेरा इंस्टा uh, अकाउंट है जिसमें मैं फॉलोवर्स बढ़ाना चाहता हूं तो मैंने अपना यूज़र नेम इधर टाइप कर लिया है और यहां पर आपको जितनी क्वांटिटी में फॉलोवर्स चाहिए वहां पर यहां पर टाइप कर देना है तो अभी मेरे को दो टू uh, फॉलोवर्स आपको एग्जांपल की तौर पर बता रहा हूं पर मैंने पहले से ही इसको मतलब ऑलरेडी प्रोमोटेड कर चुका हूँ मैं इसलिए मेरे अभी गेन नहीं हो रहे मैंने पहले से ही अभी मेरे जब तक पूरे ये डिलीवर नहीं हो जाएंगे जब तक मैं नेक्स्ट फ़ॉलोअर्स इंक्रीज नहीं कर सकता यहाँ पर आपको रेफर भी दिखाया जाएगा रेफर भी है यहाँ पर इसमें आपको पर रेफर के हंड्रेड क्रेडिट्स मिलेंगे जिसमें आप पचास फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हो और हंड्रेड अगर आपको लाइक्स चाहिए तो हंड्रेड क्रेडिट वन पर क्रेडिट वन लाइक पर क्रेडिट के हिसाब से आपको वो मिल जाएगा और लास्ट तक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे से सर्चिंग को सपोर्ट करिएगा और यहाँ पर आप प्रमोशन भी देख सकते हो देखिए मेरा इन प्रोग्रेस चल रहा है सो देखिए इसमें आप एड भी कर सकते हो पहले मैंने पचास फॉलोवर्स करे थे वो कम्प्लीट हो चुके हैं अब मैंने ट्वेंटी नाइन मतलब नाइन्टी रुपीज़ मैंने क्रेडिट्स पेन करे हैं देखिए आप इस बूस्टिंग को मतलब बूस्ट भी कर सकते हो मतलब आप अपने फॉलोअर्स को ज़्यादातर फोर मल्टीपल भी इंक्रीज कर सकते हो यहाँ पर फाइव मल्टीपल दे रखा है सॉरी ये देखिए फाइव मल्टीपल हंड्रेड क्रेडिट्स तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे सर्चिंग और लाइक कर दीजिए और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मैं आपको अगर कोई भी डाउट है तो आपको सॉल्यूशन दे सकूं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल